जहां आजकल के नौजवान अपनी बाइक्स को मॉडिफाई करके बड़े शान से घूमने निकलते हैं, वहीं ये नौजवान अपनी बाइक्स में आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, इंजेक्शन और मेलनेक्स जैसी दवाइयां रख के जख्मी जानवरों को ढूंढने निकलते हैं। साथ ही इन्होंने कुछ ऐसे अधिकार भी खोज निकाले जिनके बारे में अधिकांश लोगों को शायद पता ही ना हो लेकिन पहले जानते की आखिर ये लोग है कौन मैं मध्य प्रदेश सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ और हमारी संस्था का नाम है गौ सेवा संस्थान सिंगरौली पिछले डेढ़ सालों में अभी तक हमने 270 सौ रेस्क्यूज किए हैं जिनमें शुरुआत के जो 110 रेस्क्यूस हमने किए थे तब तक हमारे पास शेल्टर नहीं था हम लोग स्पॉट पे ही जाके ट्रीटमेंट करते थे जब कोविड में लॉकडाउन के दौरान लोग अपने स्वास्थ्य को लेके चलते थे ये लोग एक एनिमल रेस्क्यू शेल्टर का गठन कर रहे थे साथ ही सड़कों पर भूखे और जख्मी जानवरों की मदद करने में जुटे थे सबसे इंस्पायरिंग केस हमारा पहला केस था जब हमने एक गाय को शेल्टर लाया था और उसका आगे का पैर टूट गया था वो गाय करीब एक महीने से जहाँ पे उसका पैर टूटा हुआ था वहाँ से ही नहीं थी सबने कह दिया था कि ये गाय एक बार बैठान ले लिया तो वो अपनी कभी खड़ी नहीं हो सकती आज ये तीन महीने बाद आज ये आगे का वाला पैर भी यूज कर रही है उस गाय में इतना इम्प्रूवमेंट आया कि वो धीरे धीरे खड़े होकर चलना फिरना शुरू कर दी जब लोग एनिमल रेस्क्यू शुरू करने का सोचते हैं, तो वो इसी दुविधा में फंसे रहते हैं कि आखिर रेस्क्यू चलाने के लिए जगह कहां से आएगी लेकिन इन्होंने अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा किया सारे वेटनरी हॉस्पिटल्स के कैंपस में एक छोटी सी जगह ऐसी बनाई जाती है जहाँ पे जानवरों को रख कर उनके इलाज किया जा सके उसी जगह का हमने यूज करके अपना शेल्टर बनाया है आप सभी जो लोग देख रहे हैं अगर आपको रखने के लिए जानवरों को ट्रीटमेंट देने के लिए अगर कोई जगह नहीं है तो आप अपने वेटनरी हॉस्पिटल में संपर्क करें उनसे जानकारी लें और आप भी ऐसा काम वहां पे शुरू कर सकते हैं साल 2001 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एस पी सी सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल का गठन करना अनिवार्य है जिससे उस डिस्ट्रिक्ट को जानवरों की मदद करने के लिए एक एम्बुलेंस और कुछ जमीन अवेलेबल होनी चाहिए इस सब के बाद भी कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिससे गौ सेवा संस्थान जूझ रहा है जब सीवियर केसेस आते हैं तब हमें शेल्टर पे लाके उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है जब तक वो ठीक ना हो जाए और शेल्टर पे लाने का मतलब है एक बहुत ही लंबा खर्चा क्यूँकी एक तो उस जानवर का रोज ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उसके साथ उसके खाने पीने की व्यवस्था देखनी पड़ती है उसको सही ढंग से रखना यानी उसकी साफ़ सफाई वॉल्टियर्स का ख़र्चा सब कुछ एक बहुत बड़ी मतलब खर्चे की लिस्ट बन जाती है आप चाहें तो जो हमारी जो बेसिक मेडिसिन जो यूज़ होती हैं बराबर ट्रीटमेंट में उसको इस्पॉन्सर कर सकते हैं आप चाहें तो इनका जो खाना पीना रहता है पशुहार हम देते हैं सभी को वो आप इस्पॉन्सर कर सकते हैं आपसे निवेदन है कि आप जिस तरीके से हमारी मदद कर सकें ज़रूर करें